क्या बॉलीवुड के साथ साउथ इंडियन एक्टरों ने भी हिंदू धर्म को बदनाम करने का अब ठेका ले लिया है क्या विवादित दृश्य सिर्फ इसलिए ताकि मुफ्त की पब्लिसिटी मिल सके या फिर लगातार फ्लॉप होते बॉलीवुड ने अब साउथ इंडियन एक्टर्स का सहारा लेना शुरू कर दिया है सवाल और भी हैं, लेकिन जवाब में सिर्फ फिल्मों के निर्माता निर्देशकों और कलाकारों की मनमानी ही दिख रही है शासन के लाख ऑब्जेक्शन के बाद भी ना ही हिंदू धर्म को बदनाम करने का कोई मौका छोड़ा जाता है और न ही इन पर कोई कार्रवाई की जा सकी है ये जरूर है कि कार्रवाई का डर दिखाया जाता है फिल्मों को न चलने देने की चेतावनी दी जाती है क्यों नहीं रुक रही हिंदू विरोधी फिल्में, क्यों मनमानी होती जा रही है फिल्म इंडस्ट्री, क्यों बन रहा है हिंदू धर्म टारगेट और क्या है आदि पुरुष फिल्म विवाद नमस्कार मैं हूं सत्यम शर्मा आप देख रहे हैं दखल न्यूज का विशेष कार्यक्रम चर्चा खास दरअसल बॉलीवुड की मनमानी के चलते निर्माता निर्देशक प्री पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करने को तैयार है विवादित दृश्य दिखाना हिंदू धर्म को तोड़ मरोड़ कर पेश करना यह फिल्मों का ट्रेंड होता जा रहा है हाल ही में आदि पुरुष को लेकर विवाद शुरू हो गया है सोशल मीडिया पर आदि पुरुष मूवी की जमकर आलोचना हो रही है लोग रावण बने सैफ अली खान को ट्रोल कर रहे हैं लोगों का कहना है कि सैफ अली खान रावण कम चंगेज खान आतंकवादी और खिलजी जैसा ज्यादा दिख रहे हैं लोगों का यहां तक कहना है कि रावण की कॉपी करने से पहले निर्माता निर्देशक और सैफ अली खान कम से कम रावण के बारे में जान तो लेते आदि पुरुष के आए ट्रेलर ने हिंदू संगठनों को फिर एक तरह से चिढ़ाने जैसा काम किया है मूवी का ट्रेलर देखकर लगता है जैसे बॉलीवुड ने यह तय कर लिया है हम तो हिंदू धर्म का मजाक बनाएंगे जो करना है कर लो हिंदू संगठन भी इसका विरोध कर रहा है लेकिन सवाल यह है क्या विरोध में फिल्मों में हिंदू धर्म को टारगेट करना बंद हो गया है क्या बॉलीवुड पर इसका असर पड़ा है अगर पड़ा होता तो शायद कोई भी निर्माता आदि पुरुष जैसी फिल्म बनाने की जहमत नहीं उठाता बहरहाल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री मिश्रा ने आदि पुरुष के ट्रेलर को लेकर कहा कि उन्होंने इसका ट्रीजर देखा है। में कई जनक है उन्होंने इस मूवी को लेकर दृश्य हटाने के लिए भी निर्देशक ओम रावत को निर्देश दिए हैं ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की बात कही गई है पहले आप सुनिये गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को मैंने उसका ट्रेलर देखा है और सचमये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 तो उसके बाद में हम कानूनी कार्यवाही पर विचार करेंगे हिंदू धर्म को टारगेट करती लगातार बन रही ये बॉलीवुड की फिल्में कह रही हैं मानो कर लो जो करना है हम तो ऐसे ही हिंदू धर्म और इनसे जुड़े पात्रों को बदनाम करते रहेंगे पहले ब्रह्मास्त्र और आदि पुरुष ने हिंदू संगठनों और शासन को चैलेंज कर दिया है आदि पुरुष में हरे पर्दे पर शूट के बाद ये सब कमाल जी या वी का होता है जिसमें शूटिंग के बाद ये फिल्मों को तोड़ मरोड़ कर दृश्य दिखाते हैं लेकिन जब सोशल मीडिया में इसका विरोध और इसकी खराबी बताई गई तो मशहूर ग्राफिक्स ने इसकी एडिटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया आदि पुरुष फिल्म में बने पात्र न ही सॉन्ग में ना ही संदेश देने वाले दिखाई दे रहे हैं पात्रों को देखकर लगता है जैसे सिर्फ मजा किया जा रहा है अपने पांच करोड़ से बनी फिल्म का पैसा वसूलने के लिए हिंदू धर्म को टारगेट कर सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट हो रहा है पहले बनी रामायण पर फिल्मों के पात्र और अब के कलाकारों में जमीन आसमान का अंतर है एक्टिंग की जगह ग्राफिक्स ने ले ली है आदि पुरुष मूवी कार्टून नेटवर्क से कम नहीं है लेकिन सवाल यह कि ऐसी फिल्में बंद क्यों नहीं हो रही क्यों बॉलीवुड की मनमानी को जनता सहने को मजबूर है क्या केंद्र और राज्य सरकारें इन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती लगा सकती तो अब तक क्यों नहीं लगाया गया क्यों सिर्फ हिंदू धर्म का मजाक बनाया जा रहा है क्यों जनता ये सब सहने को मजबूर है और इन सब का एक ही जवाब है वह है जनता अगर जनता ने इसका खुलकर विरोध किया तो सरकारों को मजबूरन इन पर रोक लगानी ही पड़ेगी धर्म से संबंधित आपत्तिजनक दृश्य बनाने से पहले सौ बार इन मनमाने बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक और कलाकारों को सोचना पड़ेगा लेकिन उससे पहले सोचना अब जनता को है कि सरकार के सामने इस तरह मूवी का विरोध दर्ज करना है हालांकि सोशल मीडिया पर आदि पुरुष का विरोध शुरू हो गया है अब देखना यह होगा कि सरकारें इस पर एक्शन लेती हैं या फिर ये मूवी भी पब्लिसिटी के साथ पैसे कमाने में कामयाब हो जाती है आज की चर्चाएं खास में इतना ही फिर नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे नमस्कार आप देख रहे हैं दखल न्यूज